नमस्कार साथियों आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज के दिन से हम दुर्गा सप्तशदी पर चर्चा करना आरंभ करेंगे दुर्गा सप्तशदी हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि एक राज्य में मंदिरों में दुर्गा सप्तशदी का पाठ जो है करने के निर्देश दिए गए और प्रत्येक जिले को एक लाख रुपये उससे तो भेजे भी गए उसको लेकर फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चिंता करने लगे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस तरह के निर्देश हैं उचित नहीं हैं हालांकि निर्देश मंदिरों के लिए दिए गए थे और धर्मस्व विभाग जो है वही काम जो करता भी आया है तो ऐसी स्थिति में जबकि दुर्गा सप्तषधि पर इस तरह की बहस हो रही है हमें यह समझना होगा कि आज के युग में दुर्गा सप्तषधि पर चर्चा क्यों जरूरी है भारत भाग्यशाली है कि इसे उत्तर अमेरिका पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में 1970 के दशक में चले गाडेस आंदोलन की तरह कोई देवी आंदोलन नहीं चलाना है ये भारत का सौभाग्य है कि इसे इतनी शताब्दियों बाद जाकर एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन की तरह कोई द विमेन्स बाइबल नहीं लिखनी है भारत भाग्यशाली इस अर्थ में भी है कि इसे मार्टिल्डा जॉसलिन रोज की तरह स्त्री ईश्वर का विचार भी परिवर्तित नहीं करना है इसके पास शक्ति है इसके पास दुर्गा सप्तशती है और इसमें जो श्रद्धा है वो किसी तरह के फेमेनिज्म के द्वारा कारित नहीं है वह श्रद्धा के भारतीय ग्लोब का एक अनिवार्य प्रांतर है इसमें जो आग्रह है वो किसी फेमिनिस्ट का आग्रह नहीं है यहाँ स्त्री को सहायता देने के लिए देवी की बात नहीं की गई है बल्कि पुरुष को धैर्य और संबल देने के लिए देवी की संकल्पना है और इसलिए शक्ति की हमारी जो संकल्पना है उसमें किसी तरह का रिलीजियस फेमिनिज्म नहीं है यह पुरुष की अंतर्भूत ऊर्जा है और उसे गाढ़े में से निकालने की एक कोशिश है इसी कारण स्त्री शक्ति का भारतीय मानस में एक अविरोधी स्वीकार हुआ वीमेन लिब आंदोलन यहाँ नहीं चलाना पड़ा यहाँ स्त्री की मुक्ति नहीं थी मुक्ति की स्त्री थी वह जो हमें महानिद्रा से मुक्त करती है वह जो इस विश्व को आसरी शक्तियों से मुक्त करती है और वह जो कैवल्य प्रदान करती है दुर्गा सप्ती का एक ऐतिहासिक फंक्शन ये रहा कि इसने स्त्री को पावों की जूती, मलिन और इस धरती की कोई पार्थिव वस्तु समझने की जगह उसे दिव्यांशों का समुच्छय बताया जिस तरह से एथेंस में हर स्त्री को अनिवार्यतः एक पुरुष अंगरक्षक रखना पड़ता था एक काइरियोस रखना पड़ता था उस समय भारत में देवताओं तक की रक्षा के लिए भी देवी की अवधारणा चल रही थी ये ध्यान देने की बात है कि जिस समय भारतीय काव्यों में प्रेम के अद्भुत प्रसंग और कथाएँ चल रही थी उस समय प्राचीन रोम में रोमांस शादी के लिए कभी कोई कारक शादी में प्यार या स्नेह जैसी किसी चीज की कोई भूमिका ही नहीं होती थी ग्रीको रोमन समय में तो ये होता था कि स्त्री की आयुगणना विवाह के दिन से शुरू की जाती थी उस समय भारत में पार्वती अपने परिवार की भावनाओं के विपरीत जाकर अपर्णा होकर अपने मनपसंद वर के लिए तपस्या करती थी और उससे उत्तीर्ण करती हुई दिखाई दुर्गा देगा के उत्तर चरित्र में पार्वती की झलक है और उस आत्मविश्वास के भी मायने हैं जिसके तहत देवी स्वयं शिव को दूध के कार्य में नियुक्त करती हैं। दुर्गा सप्ति के जो अंतिम दो चरित्र हैं वो स्त्री के भौतिक बल को भी बताते हुए प्रतीत होते हैं और वह है इसलिए कि स्त्री को किसी भी चीज के निषेध के फ्रेम में क्यों देखा जाए जयशंकर प्रसाद कामायनी के लज्जा में लिखते थे कि यह तो आज समझ पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ अव्यव के सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ लेकिन दुर्गा सप्तशती दुर्बलता में नारी को परिभाषित नहीं करती वो शेक्सपियर की तरह ये नहीं कहती कि फैलटी दाई नेम इस वोमेन कि दुर्बलता तेरा नाम ही स्त्री है दुर्गा सप्तशती इन चीज़ों का स्पष्ट प्रत्याख्यान करती है और शताब्दियों तक पाश्चात्य परंपरा जो स्त्री को वीकर सेक्स के रूप में जताती बताती आई उसके सामने दुर्गा सप्तशती इस आग्रह के खोखलेपन को भी स्पर्श करती है यहाँ दुर्गा जो है कोई डैडीज गर्ल नहीं है और इसलिए वो आज ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं पता नहीं इसकी रचना कितने योगों पूर्व ही होगी लेकिन आज तक भी ये इतनी मौजूल लगती है इस शप्तती में स्त्री का जो आदर्श रखा गया है वह तत्कालीन पुराने समाजों की तुलना में बहुत आगे है यानी जिस समय ग्रीस में जैसे नाटक चल रहे थे जिसमें कि स्त्री देह का वितरण और पुनर्वितरण किया जा रहा था जिसमें प्लेटो ये बता रहे थे कि स्त्री का मुख्य कार्य बच्चे और वो भी लड़के पैदा करना है और ग्रीस में पत्नी अपने घर में आदमियों की सोशल गैदरिंग में हिस्सा नहीं ले सकती थी बाजार नहीं जा सकती थी जब प्लेटो के विचार से सिर्फ पुरुष ही सीधे भगवान द्वारा बनाए गए थे और सिर्फ उन्हीं के पास आत्मा थी जब स्त्री को स्वभाव से ही डिफेक्टिव बता रहे थे और स्त्री की परिभाषा अपूर्ण पुरुष के रूप में कर रहे थे कि आदमी किसी खास सामर्थ्य के चलते आदमी है और स्त्री किसी खास असामर्थ्य के चलते स्त्री है कि आदमी औरत के ऊपर ठीक ही चार्ज ले लेता है कि पुरुष शासन करता है और स्त्री शासित होने के लिए है कि इतना सब कहने के बाद स्त्री को अरस्तु पालतू पशु मानते थे उस समय भारत में दुर्गा के जरिए स्त्री की शक्ति का यह आदर्श रखा जा चुका था वह तो अच्छा ही है कि दुर्गा सप्त की रचना प्लेटो अरस्तु के समकालीन नहीं हुई अन्यथा शुंब और निशुंभ के जो स्वर इस दुर्गा सप्तु में बताए हैं वो इन दोनों के स्वरों से काफी मिलते जुलते लगते हैं प्लेटो के अनुसार सिर्फ पुरुषों को ही देवताओं ने सीधे रचा और उन्हें ही आत्मा दी स्त्रियों के बारे में प्लेटो की थियोरी तो बहुत विचित्र है वो ये कहता है कि जो पुरुष कायर या अपवित्र हैं वे अगली पीढ़ी में स्त्री बन जाते हैं और केवल पुरुष ही पूर्ण मानव है और ये कहता था कि जब स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं तो उसमें जो ताकत का हिस्सा है वो पुरुष के पास ऐसे विचारों के दौर में हम लोग जब दुर्गा सप्त को भारत में पढ़ रहे थे तो स्त्री की जिस अवधारणा की बात वहाँ पर हो रही थी उसी अवधारणा ने भारतीय स्त्री को ये शक्ति दी कि समय समय पर प्रतिरोध कर सके स, चाहे सीता हो, वो रावण के विरुद्ध जो है प्रतिरोध का पूरा का पूरा विमर्श रचती हुई नज़र आती हैं चाहे द्रौपदी हो जो कि दुर्योधन के विरुद्ध जो है प्रतिरोध का एक पूरा स्वर है और इसलिए आज यदि किसी राज्य के द्वारा दुर्गा सप्त का पुनर्पाठ जो है आवश्यक माना गया है तो एक बहुत स्वागत ये बात है यार अजय लुक योर हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे